सो so, है hey आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी ट्रू हिस्ट्री ऑफ ऑल एशियन टाइटंस के बारे में बेसिकली हमें किसी भी स्पेसिफिक टाइटन शिफ्टर के इनहेरिटर का फेस्टिवल अभी तक नहीं किया गया है एंड वो आगे भी नहीं होगा अगर शायद से चैप्टर 139 के एडिशनल पेजेस में एंशियन टाइटन के किसी भी इनहेरिटर का फेस रियल होता है तो ही वरना उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है एंड दैट्स वाई हम सारे एंशियन टाइटन्स की हिस्ट्री एक साथ ही जानने वाले हैं कि वो कैसे बने एंड वो मार्जियस के पास कैसे चले गए एंड इसमें आपको यमेरिक भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ़ ये अमेरिक भी एक फाउंडिंग टाइटन है सो so दैट्स वाई यमेरिकी हिस्ट्री वरना ऑब्वियस है लेट्स बिगेन दिस हिस्ट्री ऑफ ए ओ टी देन एंशियन टाइटन की हिस्ट्री की शुरुआत होती है यह अमिर से जब यमिर को मिलता है फाउंडिंग टाइटन दैन उसके बाद वो किंग फ्रिड्स के साथ शादी कर लेती है एंड उसके बाद उनको तीन बेटियाँ होती है रोज मारिया सीना देन उसके बाद एलडिया एंड मार्लिक की जंग चल रही होती है जिसमें कि एल्डिया का परिडा भारी होता है एंड मार्लियस के सोल्जर किंग फ्रिड्स के पास जाते हैं एंड उसके सामने झुक जाते हैं एंड उस वक्त उन सारे सोल्जर्स में से एक सोल्जर किंग फ्रिड्स के ऊपर भाला फेंक कर मार देता है बट उसी वक्त जो यमिर है वो फ्रिड्स आ जाती है एंड वो भाला उसे ही लग जाता है एंड उसी वक्त जो यमिर है वो वहीं पर मर जाती है पर जो किंग्रिट्स है वो अपनी तीनों बेटियों को कहता है कि तुम अपनी मां की जो लाश है वो खाओ बिकॉज ऑफ यमिर के खून में फाउंडिंग टाइटन की पावर दौड़ रही है एंड वो फाउंडर की पावर वेस्ट ना हो पाए इसीलिए जो किंग्रिट्स है वो अपनी तीनों बेटियों को यमिर की बॉडी खाने के लिए कहता है ज़बरदस्ती एंड उस वक्त दो घटनाएं हो जाती है उस वक्त जो किंग फ्रिड्स की तीनों बेटियां हैं उन तीनों को यामिर का शराब लगता है एंड वो शराब ऐसा होता है कि जो आगे के कौन से भी टाइटन शिफ्टर्स होंगे वो तेरह साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे एंड ये सब अभी हम देख भी रहे हैं कि कौन सा भी टाइटन शिफ्टर तेरह साल से ज़्यादा नहीं जी पा रहा है बिकॉज ऑफ वो उन्नीस तेरह सालों में बुरा हो जाता है एंड जो दूसरी घटना है उसमें लगभग दो थीरी से पहली थीरी ये है कि उसकी तीनों बेटियों को नो टाइटन शिफ्टर्स की पावर मिल जाती है एनशियनकार टाइटन एनशियन टाइटन, आर्मर टाइटन, टाइटन, टाइटन, टाइटन, टाइटन, टाइटन आपका थेरी क्या है? वो अभी मैं खुद भी भूल गया तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ आगे चलकर इनके तेरह साल जब होंगे तब उनके ही बच्चे खा ले एंड उसके बाद ये जो घोषणा है ये में आगे चलकर प्रथा जैसी बन जाती है जिनके पास टाइटन शिफ्ट है पहले तो है टेबल फैमिली जिनके पास है टाइटन की पावर एंड सेकेंड है रेस फैमिली उनका रियल नाम फ्रिड्स है बट जब किंग फ्रिड्स पैराडाइस आइलैंड पर चला गया था तब उसने अपने परिवार जो फ्रिड्स नाम है उसे चेंज करते रेस कर लिया था बिकॉज ऑफ कोई उनको ढूंढ ना सके एंड जो रेस फैमिली है उनके पास है टाइटन की पावर उसकी से जो एल्डियंस है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे राज करने लगे बट उस वक्त जो किंग फ्रिड्स के घर आने के जो परिवार है वो एक दूसरे के टाइटन हत्या के लिए बहुत ज्यादा भूखे बन गए एंड ये सब देख जो किंग फ्रिड्स है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए एंड उसके बाद जो किंग से उसने एक नतीजा निकाला उसने टेबुल फैमिली के साथ एक सौदा कर लिया कि हम लोग किंग फ्रिड्स के घराने के आठ तीन परिवार में आग लगाएंगे एंड मैंने नॉ क्यों नहीं कहा बिकॉज ऑफ जो टैबुल फैमिली है वो भी फ्रिड्स घराने के एक परिवार है एंड उनके पास वॉर है टाइटन की पावर है एंड जो किंग फ्रिड्स है वो टैबुल फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ उसके साथ ही उसने सौदा किया है एंड उसके बाद जो टैबुल फैमिली एंड किंग फ्रिड से वो दोनों मिलकर अपने घराने के जो परिवार है उन सब में आग लगाते थे एंड उसके बाद चालू होती है द ग्रेट टाइटन वॉर टाइटन वॉर दरअसल एक सिविल वॉर की तरह है इसमें कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा बट उनको लग रहा होता है कि कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है देन उसके बाद जो किंग फ्रिड्स है वो सारे के सारे एल्डियंस को मतलब मोस्ट ऑफ द एल्डियंस को लेकर पैराडाइज आइलैंड पर चला जाता है एंड फाउंटिंग टाइटन को लेकर भी चला जाता है दैन उसके बाद जो टैबोर फैमिली है वो किंग फ्रिड्स के साथ धोखा कर लेती है एंड जो टैबर फैमिली है वो मार्लियंस के साथ हाथ मिला लेती है एंड मार्लियन घुस जाते हैं दी ग्रेट टाइटन वॉर में एंड इस सिविल वॉर को वो रियल वॉर में बदल देते हैं एंड उसके बाद इस वॉर में वो लगभग छः टाइटन्स को हथियारने में कामयाब हो जाते हैं एनशियट आर्मर टाइटन एनशियन गार्ड टाइटन एनशियन फीमेल टाइटन एंशियन जॉ टाइटन एनशियन कलोसल टाइटन एंड एनशियन बेस टाइटन ये छः के छः टाइटन शिफ्ट उनके पास आ जाते हैं बाकी के तीन टाइटन शिफ्टर्स यानी कि टैकन टाइटन तो मार्ली के साथ नहीं होते हैं बट वो उनके साथ ही रह रहा होता है मार्ली के कंट्री में एंड जो सेकेंड वो यानी कि वॉर एमर टाइटन उसको तो मार्ली छीन नहीं सकते बिकॉज ऑफ टेबूर फैमिली के साथ ही उन्होंने सौदा किया है एंड बचा हुआ फाउंड टाइटन बेसिकली जो किंग वो फाउंडिंग टाइटन को भी पैराडाइज आइलैंड पर ले गए थे बिकॉज ऑफ जब किंग फिट्स एक राजा बने थे एल्डिया के तब उनको फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी देना इस यही थी दी ट्रू स्टोरी ऑफ ऑल एंशियन टाइटंस की एंड बेसिकली मैंने किसी और यूट्यूबर्स की तरह इसमें कुछ भी ऐसे नहीं डाला कि उस वो इस पावर से थे एंड उस पावर से रहते सारी पावर सबको पता है कि किसके टाइटन की कैसी है मैंने बस आपको ऐसा ही बताया कि उनकी ट्रू हिस्ट्री क्या थी वो कैसे बने थे एंड वो मार्लियंस के पास कैसे चले गए थे देनागाइस इस ट्रू एंशियन टाइटन की हिस्ट्री आपको मिल चुकी है सो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करना बनता है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है देनिया ऐसे ही वीकली यूटिक कंट्रीज के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगली वीडियो में और भी कुछ बात करेंगे सो तब तक के लिए गुड बाय सनरा एंड टेक केयर सबसे मेन